बिलगेट्स कहते हैं कि आप गरीब घर गर में पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है बिलगेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब घर गर में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है लेकिन आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है पूरी पूरी गलती है